दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप आपका YouTube चैनल को कैसे YouTube सार्स इंजन, Google सार्स इंजन, यहो सार्स इंजन और Bing सार्स इंजन और भी बहुत सारे सार्स इंजन में कैसे डालें जैसे कि वेबसाइट को Google सार्स इंजन में यह सार्स इंजन में डालना पड़ता है इसी तरह आपका YouTube चैनल को भी इंजन में डालना पड़ता है दोस्तों अभी तक अगर आपने आपका YouTube चैनल को YouTube यूट्यूब इंजन में Google इंजन में इंजन में नहीं डाला तो इस वीडियो को आप तक जरूर देखे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे आपका YouTube चैनल को ये सभी सार्स इंजन में डाल सकते ताकि आपका चैनल को सार्स इंजिन को पता लग जाए आपका एक न्यू यूट्यूब चैनल है और आपका चैनल में व्यू भी बढ़े और सब्सक्राइब बढ़े दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले YouTube ऐप को ओपन करना होगा चलिए मैं अपना YouTube ऐप को ओपन कर लेता हूँ जैसे ही आप अपना YouTube ऐप को ओपन करेंगे तो आपका सामने खुल के कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा अभी आपको सर्च बॉक्स में लिखना है आपका YouTube चैनल का नाम चलिए मैं मेरा यूट्यूब चैनल का नाम लिखता हूं और सर्च करना है तो आपका YouTube चैनल इसी तरह यहाँ पर शो होगा जैसे कि मेरा YouTube चैनल आप देख रहे हैं सबसे है, है क्लिक करना है और शेयर का बटन पर क्लिक करना है उसके बाद ये वाला पेज आपका सामने खुल के आ जाएगा इसमें आपको कॉपी लिंक करना है जैसे कॉपी लिंक करेंगे तो यहाँ का काम आपका खत्म हो गया आपका चैनल का जो यू आर एल है कॉपी हो गया लेकिन आपको यही से कॉपी करना है जैसे मैं बताया उसके बाद आपको क्या करना है आपका डिवाइस में क्रोम ब्राउजर या किसी भी ब्राउजर को ओपन करें जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है आप देख सकते हो आप भी चाहे तो क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना उसके बाद आपने ऊपर में थ्री डॉट में क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइड में कर लेना उसके बाद एक लिंक है जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस लिंक को आपने कॉपी करना है कॉपी किया हुआ लिंक को आप यहाँ पर पेस्ट करें, जैसे मैं पेस्ट कर दिया उसके बाद सर्च करें। जैसे आप सर्च करेंगे आप देख सकते हो आपका सामने ये वाला पेज खुल के आएगा इस पेज को आपको ऊपर का तरफ उठाना है और उठाते आप यहाँ पर एक देख सकते हो एक बॉक्स आया है इसमें एंटर द यू यू वन टू द सबमिटर जो भी यू को आप सबमिट करना चाहते हैं उस यूआरएल जैसे कि आपको पता है मैंने अपना चैनल का यूआरएल को पहले कॉपी कर लिया तो अभी मैं यहां पर पेस्ट करूंगा तो आपने भी कर लिया होगा तो पेस्ट करें चलिए मैं पेस्ट कर लेता हूं ये देख सकते हो मेरा चैनल का जो यूआरएल है मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया उसके बाद आपको नीचे के तरफ आना है आप देख सकते हैं यहाँ पर लेकर सार्स इंजिन यहाँ सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या सार्च इंजन आ रहा है ये देख सकते हो बहुत सारे सार्च इंजन है बिंग कॉम है उसके बाद इंडेक्स कॉम है यो वी एन है उसके बाद जैसे कि इस तरह आप, आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारे सार्च इंजिन आपको नजर आएगा उसके बाद आपको चलिए मैं देखा देता हूँ यूट्यूब का भी एक सार्च इंजिन है यहां पर शो होगा यहाँ पर YouTube का भी एक सर्च इंजिन है ये देख सकते हो YouTube का YouTube वीडियो सर्च इंजिन भी यहाँ पर है उसके बाद Google सर्च इंजिन भी यहाँ पर है थोड़ा नीचे जाएंगे तो देख सकते हो ये देख सकते हो सारे Google का सर्च इंजिन है गूगल डॉट गूगल डॉट कॉम का भी सर्च इंजिन यहाँ पर है तो मेरा हिसाब से आप इसको पूरा सिलेक्ट करें। चलिए मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें तो ये देख सकते हो 249 सिलेक्ट हो गया दो सौ उनचास में एक साथ आपका जो चैनल है इंडेक्स हो जाएगा उसके बाद नीचे आपको मिलेगा पिंग पिंग भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो यहाँ पर आप चेक करके देख सकते हो कौन सी कौन सी पिंग है तो इसमें मैं भी इसका पूरा करूंगा तो सिलेक्ट ऑल करूँगा ये सतरा है सिलेक्ट हो गया उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बैक लिंक होल्ड साइड एबाउट इन्फो पेज इसको भी मैं टिक लगा दूंगा टिक लगाने के बाद सबमिट यू पर क्लिक कर देना है जैसे ही आपने सबमिट यू का पर क्लिक किया तो मैं आपको देखा देता हूँ आपका जो ये देख सकते हो आपका जो चैनल है ये इंडेक्स होते जा रहा है ये इंडेक्स होते जा रहा है ग्रीन कलर में टिक मार्क देख रहे हैं ये लगातार इंडेक्स हो रहा है इस, इसको आप इंडेक्स होने दीजिए ये देख सकते हो आपका जो यूट्यूब चैनल है कितना सार्स इंजिन में इंडेक्स हो गया ये देख सकते हो बहुत सारे सार्स इंजिन में एक साथ इतना सार्स इंजिन में इंडेक्स हो गया अभी आपका चैनल को ग्रो होने में कोई नहीं रोक सकता इतना सारे जब सार्स इंजिन में आपका चैनल का ये इंडेक्स हो गया तो ये मान के चलो आपका चैनल अभी ग्रो होना ही होना आपका व्यू भी बढ़ेगा और सब्सक्राइब भी बढ़ेगा तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बनाया ताकि सबको हेल्प हो जाए तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और चैनल में पहले बार है इसी तरह इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो थैंक यू फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में